हेलो दोस्तों मैं मोहम्मद शफाज स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पे आज हम देखने वाले हैं सीट जूनियर के टॉप सिक्सटी क्वेश्चन को जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों मित्रों और ग्रुप में शेयर करना न भूलें चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला सवाल कौन सा है तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जो पहला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर एक ये है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग आठ हजार वर्ष पहले गाँवों में रहना प्रारंभ किया था कहने का मतलब ये है जब मनुष्य रहना प्रारंभ किया था तो कहाँ पे किस गांव में उन्होंने शुरू किया था वह क्षेत्र कौन सा था नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के पास या गंगा यमुना दुआब क्षेत्र दक्कन तथा कोंकण क्षेत्र यह जो दक्कन कोंकण क्षेत्र है वह दक्षिण भारत की बात कर रहा है नर्मिदा आपके महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बात कर रहा है गंगा यमुना दुआब बिहार उत्तर प्रदेश पंजाब असम की बात कर रहा है सुलेमान ये आपके लगभग कश्मीर के एरिया की बात कर रहा है तो इस हिसाब से जो उत्तर होगा मैं आपको बता दूँ कि जो मनुष्य ने रहना प्रा किया था वह सुलेमान और कीर्थर पर्वत घाटियों के क्षेत्र में लगभग जो बलूचिस्तान में पड़ता है उस क्षेत्र में रहना प्रारंभ किया था इसका उत्तर जो होगा वह भी बिल्कुल सही होगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर दो निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था ये क्वेश्चन पहले सीरीज में हो चुका है तो उसका उत्तर आप देंगे गंगा का दक्षिणी क्षेत्र गंगा था यमुना के मध्य का क्षेत्र गंगा का उत्तरी क्षेत्र या यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र बताइए तो इसका जो उत्तर है वो बिल्कुल साफ है कि यह गंगा का दक्षिणी क्षेत्र था ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत क्वेश्चन नंबर तीन है भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख रिग्वेद में मिलता है वे डे में रहते थे दक्षिण भारत में उत्तर भारत में पश्चिम भारत में या उत्तर पश्चिम भारत में वे कहाँ रहते थे तो बता दू कि ये जो पूर्व जनजाति के लोग थे वहां के राजा का नाम भरत था और यह उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे इसका जो उत्तर डी है वह बिल्कुल सही होगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में लिखी हुई थी प्राकृत ब्राह्मी संस्कृत और सौरसैनी ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है बता दूं कि इसका जो उत्तर होगा वो होगा संस्कृत जो ऋग्वेद है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आखेट खाद्य संग्राहक एक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमने का कारण नहीं था एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे संसाधन के लिए अन्य आखेट संग्राहक समूहों से संघर्ष करना या जल संसाधन की खोज के लिए क्या कारण था जो वो घूमवा नहीं थे बताइए तो इसका उत्तर है सी संसाधन के अन्य आखेट खास संग्राहक समूह से संघर्ष करना चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने है मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है पूरा पाषाण काल महापाषाण काल मध्य पाषाण काल या नौ काल तो मैं आपको बता दूं कि मानव इतिहास का सबसे लंबा काल जो था वह पूरा पाषाण काल था लगभग दस हजार वर्ष तक चलते अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने है आगे डैश दिया हुआ है में प्राचीन शैल चित्रकला मिली थी कर्नाटक तथा तो तमिलनाडु में तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में या मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में ठीक मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश डी इज द राइट डी बिल्कुल सही है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है राखी गढ़ी सातको गंगेरी वाला या चिराग बताइए हड़प्पा स्थल नहीं है तो बता दूं कि जो चिराग है वह हड़प्पा स्थल नहीं है ठीक चिराग हड़प्पा स्थल नहीं है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है पुरु यदु और भरत का वेदों में उल्लेख की तरह है जन की तरह है, राष्ट्र की तरह है राजन की तरह है अथवा दस्यु की तरह है बताइए तो ये जन क्या होता था जो कबीले होते थे जनजातियां होती थी ठीक है उनको जन कहा जाता तो वह जन की तरह होते थे ठीक जन ए इसका ए सही होगा अगले क्वेश्चन में चलते हैं सफी है। और हनफी क्या है ये इस्लामी वास्तुकला सैलियां हैं सऊदी अरब में स्थान है न्याय के इस्लामी सिद्धांत है या दो इस्लामी शासक हैं तो सफी और जो हनफी है वह इस्लामी न्याय सिद्धांत है ठीक चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दाती दुर्ग जिसे हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था दाति दुर्ग जो था राजा वह हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान हुआ था वह क्या वह कौन था मतलब चोल राजा था प्रतिहार प्रधान था राष्ट्रकूट प्रधान था या पल्लव प्रधान था जी वो राष्ट्रकूट प्रधान था ठीक सी इज द राइट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने है यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी अलबरूनी ने बदायनू ने मिनहाज ए सिराज ने या जियाउद्दीन बरानी ने बताइए ये किसने लिखा है तो ये जो मिनहाज ए सी सी द राइट गुड इवनिंग चलिए मिनहाज ए सिराज जो थे यह इसी ने लिखा है ठीक और जो मिनाहाज उस सिराज था वह इलतुदमि का संरक्षण प्राप्त व्यक्ति था चलिए हाँ थोड़ा टफ है टफ करे रहेंगे तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जो आप कह रहे हैं टफ़ है, टफ है ना ये टफ नहीं है पेपर ही ऐसा होता है आप मैं आपको बता दूं कि ये आपका पेपर ही है ठीक है ये पेपर है याद रखिएगा ये टफ नहीं है ये पेपर है ये पेपर हो चुका है ये सीटेड का पेपर है आप समझ लीजिए इस तरह पेपर बनता है अगर आप टफ़ नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा पेपर ऐसे ही बनता सर जी चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है एक शिलेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया क्योंकि उसमें मोशीश और सुलेमान जैसे गुड़ विद्यमान है वह दिल्ली का कौन सा तो सुल्तान था चलिए फर्स्ट टाइम है तो क्लियर हो जाएगा घबराइए नहीं बहुत आसान होता है बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दीजिएगा और तब उत्तर करिएगा शिक्षण आप अच्छे से पढ़ लीजिए शिक्षक से पचहत्तर क्वेश्चन होंगे और शिक्षण अगर आप टाइम अगर नहीं निकल पा रहा है तो एनसीएफ 2005 हजार 2009 इसको काफी अच्छे से पढ़ लें चलिए जैसे ने कहा था फिरोसा तुगलक बलबन या अलाउद्दीन खिलजी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है यह अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था डी इज द राइट डी इज द राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था और शायद ये क्वेश्चन हो भी चुका है ठीक चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजवंश सॉरी किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव की मुखिया को होती थी जमीदारी बंदोबस्त अस्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी बंदोबस्त या महलवाड़ी बंदोबस्त चलिए आप लोग पढ़ने आए यहाँ पढ़िए ठीक है तो जो महलवारी बंदोबस्त थी इसमें जो गांव का मुखिया होता था वह राजस्व एकत्र करके देता था ईस्ट इंडिया कंपनी को डी इज द राइट चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी यही क्वेश्चन है चलते चलते अगले क्वेश्चन की की की तरफ चलते हैं की तरफ सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक गतिविधियों पर छह वर्ष के लिए रोक लगा दी गई थी कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए थे अनेक देसी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी थी युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी थी जिससे भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ जी बिल्कुल क्या हुआ जब युद हुआ, तो युद्ध हुआ तो जो यूरोप के सामान होते थे उनका आयात भारत में नहीं हो पाता था अर्थात ब्रिटेन नहीं कर पाता था इस कारण युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी थी जिससे भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ डी इज राइट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है चलिए अब बताइए अः यहाँ लिखा हुआ है पारंपरिक रूप से चीन ए किस दिशा को दर्शाता है, है, है, e है ये ए है ठीक ये कट गया है ई है ये डी e है ये ई एफ है ये सी है किसको दर्शाता है उत्तर को दक्षिण को पूर्व को या पश्चिम को चलिए डी बिल्कुल सही है हम जानते हैं जो ये मैप होता है ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है ठीक इसके साउथ होता है और हमारे राइट साइड ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड वेस्ट होता है तो ए पश्चिम को दर्शा रहा है ठीक सभी का उत्तर बिल्कुल सही है सभी के उत्तर चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कच्छी संतर से साढ़े बनाती है हमने आपको पहले क्लास में बताया था जहां पर खत्म कर दीजिए यहाँ पे वास्तविक इसको खत्म कर दीजिए दो ऑप्शन कट गए पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कच्छी संतर से साढ़े छा जगह कोड बनाती है पृथ्वी पर चलते हैं पृथ्वी की अच्छे देखा है जो उसकी से साढ़े तेज का कोल बनाती है तो मैं आपको बता दूं कि वह कच्चे से साढ़े छाछ का राइट right होगा और झुकी हो हुई है इसलिए साढ़े छाछ का कोल बनाती है ठीक सी इज द राइट सभी को तो बिल्कुल सही है चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ यह क्वेश्चन बताइएगा आप लोग प्रदीप्त वृत्त क्या है वृत्त जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है वृत्त जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करता है विश्व पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं एक विशेष मध्यान्ह रेखा जो दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति को दर्शाता है बताइए इसका उत्तर क्वेश्चन में बता चुका हूं बाकी मैप बना के मैं इसको समझाया था आपको पिछले क्लासेज में क्या गलत उत्तर कर रहे हैं आप लोग अभिलाषा गुप्ता राग्नि मौर्य वाहिद अहमद सिंह सबके उत्तर गलत हैं मैंने बताया था जो पृथ्वी होती है वह रेखा जो दिन रात को डिवाइड करती है वही क्या कहलाती है प्रदीप्त वृत्त कहलाती है लिखा हुआ है ना वृत्त जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करता है वही क्या कहलाता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है दिखाई कम दे रहा है ऊपर जाके राइट साइड में टीन डॉट होगा उसको क्लिक कर लीजिए वहां से आप क्वालिटी चेंज कर लेंगे तो आपको सही दिखाई देगा ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक मरुस्थल का उदाहरण है लद्दाख कोंकड़ सुंदरवन या पश्चिमी घाट बताइए उत्तर करना आप लोग मरुस्थल कौन सा है सुंदरवन तो डेल्टा है पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र है ठीक कोंकड़ तट है ये तीन ऑप्शन कट गए बचा लद्दाख लद्दाख क्या है लद्दाख भारत का सबसे बड़ा सीत मरुस्थल है क्या है सीत मरुस्थल है और इसे लद्दाख की राजधानी क्या है ले है जो वर्तमान समय में एक केंद्र शासित प्रदेश है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप डाट डाट डाट, डाट स्थित है हिंद महासागर में अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में या दक्षिण चीन सागर में बताइए जी उत्तर आना शुरू हो गया है बी अरब सागर जी बिल्कुल सही उत्तर है जो लक्षद्वीप है वह अरब सागर में है लक्षद्वीप की राजधानी क्या होगी आप कमेंट करें लक्षद्वीप की राजधानी क्या होगी और लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है ठीक लक्षद्दीप की राजधानी बताइए ब्राजील में पाया जाने वाला कंपास डाट डाट डाट है एक जनजाति घास का मैदान एक परंपरागत नृत्य पशु तो हमने बताया था कि आप लोग विश्व में पाए जाने वाले घास के प्रमुख घास के एक आ, मैप तैयार कर लीजिए मैप क्या मतलब लिख लीजिए उसको और उसको याद कर लीजिए तो ये क्या है ब्राजील में पाया जाने वाले पंपास क्या है एक प्रकार का घास है ठीक बी बी इज द राइट और आपने बताया नहीं एक, क्या है वो जी अभिलाषा गुप्ता ने कहा कौरत्ती बिल्कुल सही जवाब हमने एक बार वीडियो में कहा भी था कि कौरत्ती न याद हो तो चाहे याद कर लीजिएगा उससे आप उसको याद कर लेंगे चलिए कोलकाता बंदरगाह पर स्थित है गंगा सागर बंगाल की खाड़ी हुगली नदी या भागीरथी नदी बताइए जो कोलकाता है बंदरगाह जो कोलकाता बंदरगाह है वह हुगली नदी पे हम जानते हैं कि ये हमारा भारत है यहाँ पे कोलकाता है गंगा नदी यहाँ से ऐसे बढ़ जाती है और यहाँ से एक भाग टूट जाता है ये जो भाग आता है यही होता है हुगली ठीक है ये हुगली हो जाता है यहाँ से आती है यहाँ से ब्रह्मपुत्रा और गंगा में मिल जाती है ठीक चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है संसार में किस महाद्वीप पे सबसे कम जनसंख्या है यूरोप ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका बताइए सबसे कम जनसंख्या किस महाद्वीप पे है जी बी बिल्कुल सही होगा कि बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे सबसे कम जनसंख्या क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया ही एक देश है ठीक यदि सबसे कम पूछे और ऑप्शन में अंटार्कटिका रहे तो वो सही होगा ठीक है ंटार्टिका अगर रहे ऑप्शन में तो वो सही होगा वो नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया सही होगा ऑस्ट्रेलिया की बात करें ऑस्ट्रेलिया के, के बाद तब यूरोप का नंबर आता है फिर यूरोप के बाद दक्षिणी अमेरिका फिर उत्तरी अमेरिका फिर अफ्रीका फिर सबसे बड़ा एशिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ लद्दाख में लद्दाख में पाए जाने वाले गम हैं बौद्ध बिहार या मंदिर बकरी की प्रजाति साल की किस्म या बौद्ध बिच्छू बताइए इसका उत्तर ए होगा सी नहीं यह बौद्ध बिहारिया मंदिर होता है ठीक है बौद्ध बिहारिया मंदिर होता है ए चलिए चित्र यहां पे दे रहा है कि चित्र क्या प्रस्तुत करता है यह चित्र है ये ठंडी वायु है यहां गर्म वायु है इस बारिश हो रही है क्या पता है क्या प्रस्तुत कर, कर रहा है यहाँ पे पर्वती वर्षा को शवहनी वर्षा को चक्रवाती वर्षा को या मानसून पूर्व वर्षा को बताइए देखिए क्या होता है जब ठंडी और गर्म वायु ठंडी और गर्म वायु बहुत तेजी से संगठित होने लगता है तब ऐसी वर्षा होती है इसको कहते हैं चक्रवाती वर्षा ठीक है सी होगा एक तरफ क्वेश्चन है हालांकि लेकिन इसका उत्तर सी होगा ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा उद्योग अक्सर करकर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है पेट्रोलियम ऊर्जा यातायात या इस्पात बताइए थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा कौन सा उद्योग आधुनिक उद्योग का मतलब ये एक उद्योग है उसके बाद दूसरे उद्योग की वह मजबूती बनता है केवल एक लोगों का उत्तर सही आया है ज्योति सिंह बिल्कुल सही जवाब है देखिए हम निष्पात उद्योग आधुनिक उद्योग की ऋण की हड्डी बनती जा रही है जानते हैं क्यों जब हम लिखते हैं कभी ऐसे लिखते हैं ना पैंट की जीप से लेकर जहाज तक कहां से पैंट की जिप से लेकर जहाज तक घर में सुई से लेकर लोहे की दरवाजा तक सब किसकी है स्पात उद्योग की यानी लोहे मशीनें जो होती हैं मशीनें जो कपड़ा बनाती हैं वो भी तो लोहे के होती हैं सीमेंट उद्योग उर्वरक जितने सारे उद्योग होते हैं सब वो इस्पात उद्योग पर निर्भर होते हैं ठीक है तो डी बिल्कुल सही है अगली खेती है ऑर्गेनिक मतलब खेती में ऑर्गेनिक मतलब पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती में फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है जब आर्गेनिक है तो रासायनिक का प्रयोग होगा ही नहीं ठीक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जींस में संशोधन किया जा सकता है नहीं प्राकृतिक खाद तथा तो कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है बिल्कुल सही जवाब सी होगा इसका ठीक इकट गए चलिए सी बिल्कुल सही है आर्गेनिक खेती में प्राकृतिक पूर्ण आर्गेनिक खेती करने वाला राज्य कौन सा है तो याद रखिएगा पूर्ण ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य कौन सा है बताइए कमेंट भी बताइए आप लोग इसको ढूंढिए कमेंट करिए फिर बताइए अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है पंजाब नहीं है पंजाब उतर गलत है पंजाब तो बहुत ज़्यादा कोरोना का प्रयोग करता है तभी इतना फसल फसल उत्पादन करता है वो खाद्य सुरक्षा तभी बन सकती है बनी रहती है जब सरकार अगले पाँच वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडारा बनाए रखे ठीक अगला ऑप्शन है सरकार अनाज का पर्याप्त भंडारण बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात को रोक लगा दे सरकार बेहतर तथा तो तो सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है खाद सुरक्षा बनी रहती है जब व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो जी डी बिल्कुल सही है अब बता दू पूर्ण ऑर्गेनिक खेती करने वाला प्रथम राज सिक्किम है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध वातावरण सॉरी प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल इधन है सी एन जी या के सिक्स बताइए ए बिल्कुल सही है चलिए आपने बता दिया तो आप लोग सी का फुल फॉर्म भी बता दीजिए इसका उत्तर ए सही है सी का फुल फॉर्म बताइएगा कोई बताएगा जी बिल्कुल सही जवाब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है हिंदी में इसको बोलते हैं संपीडित प्राकृतिक गैस ठीक है बिल्कुल सही जवाब। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बैरोमीटर का प्रयोग होता है बैरोमीटर का प्रयोग होता है वर्षा मापने के लिए तापमान को मापने के लिए वायुमंडल के दाग को मापने के लिए या समुद्र के स्तर को मापने के लिए फटाफट उत्तर करिए रोमीटर का प्रयोग किया जाता है अरे भैया वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमी का प्रयोग किया जाता है सी द राइट बिल्कुल सही जवाब है। अब्दुल रशीदी सिंह चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का सिस्टर सेंट थॉमस डैस में आए गोवा में कर्नाटक में तमिलनाडु में या केरल में उत्तर करें जी नहीं ऐसा माना जाता है वो केरल में आए थे डी इज द राइट डी इज द राइट अगला क्वेश्चन है जूलू क्या है Zulu Zulu क्या है दक्षिण अफ्रीका का एक जनजाति दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु या दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य Zulu क्या है Zulu बताइएगा इसका उत्तर बी होगा बी जो जुलू है वह दक्षिण अफ्रीका की एक आधिकारिक भाषा है कैसी भाषा है आधिकारिक भाषा है मान्यता मिली है उसको ठीक है आधिकारिक भाषा है मान्यता प्राप्त भाषा है जुलू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने है संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं दो होते हैं तीन होते हैं पांच होते हैं या चार होते हैं बताइए संविधान के कितने अंग होते हैं उत्तर करें आप आ, तो बहुत ही कामन सा क्वेश्चन है आप लोग इसका उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी जी इसके तीन अंग होते हैं व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका याद रखिएगा संविधान के अनुसार राज्य के तीन अंग होते हैं व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका बी इज द राइट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है कि संघवाद से तात्पर्य है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार होना न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है घवाद का क्या मतलब होगा संघवाद क्या है चलिए यह देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना ही संघवाद कहलाता है एज द राइट जो राज्यों का संघ होता वो है वो गणराज कहलाता या है याद रखिएगा ये दूसरी चीज है ठीक ये बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताइए अरे ये होगा स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें छह अधिकारों की बात की गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ठीक है संघ बनाने की स्वतंत्रता निर्बाध रूप से भारत में आने जाने की स्वतंत्रता बसने की स्वतंत्रता ठीक है कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता ठीक भी बिल्कुल सही होगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ लिखा हुआ है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं दो सौ पच्चीस दो पैंतीस दो पैंतालीस या दो साठ बताइए तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो दो पैंतालीस होगा यदि आप्सन में दो पचास होता तो वो सही होता ठीक है सी सही है वर्तमान समय में दो पैंतालीस है तो ये 245 सौ पैंतालीस होते हैं कैसे बता दूं मैं आपको कि दो सदस्य जो होते हैं वह राज्य से के आते हैं 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है कुल 245 होते हैं ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है इसे न्यायपालिका को नजर नजरअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है या संसद में सभी शक्तियां निहित प्रदान है बताइए क्यों यह अधिक शक्तिशाली है सीधा सा जवाब है क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जो शासन होता है वह जनता के लिए ही होता है ठीक है ठीक है, राइट अब्राहम लिंकन की परिभाषा याद कर लीजिएगा संबंधित है ये। भारतीय में कर्मचारी का कार्य क्या है अधिनियम बनाना संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना प्रधानमंत्री को चुनना या राष्ट्रपति को चुनना भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है बताइए जी बी बिल्कुल राइट है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना यह कार्यकारी कार्य है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है सकारात्मक प्रभाव है ठीक है मध्यान्हन अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव है ठीक निम्नलिखित में कौन सा इन्वेन्स नहीं है वही मिड डे मील की बात कर रहा है ये विद्यालय में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि जाति पूर्वाग्रह जाति पक्षपात में कमी आई अब निर्धन विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि उन, उनके पेट खाली नहीं है निर्धर बच्चे परीक्षाओं की कक्षा आठ के बच्चे को फेल करना ही नहीं है तो नंबर कम की बात ही नहीं होती है और हमारा जो एनसीएफ कहता है बिना बोझ की शिक्षा ठीक है तो कट गया इसलिए किया गया कि विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़े जाति पूर्वाग्रह खत्म हो और पेट भरा रहेगा तो बच्चे आराम से पढ़ेंगे चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है चक्रीय चित्र चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है वह कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में योग्य हैं देखिए यहाँ लिखा हुआ है देखिए ये खाली है ये खाली है ये खाली है, ये खाली ये खाली, खाली पौधा तैयार करना प्रतिरोपण निराई पैदावार मतलब एक दो तीन चार पाँच छ सात या सात दिया हुआ है और आपके ऑप्शन में कितने कितने ऑप्शन दिए हुए हैं तीन माह चार माह छ माह या पाँच माँ बताइए याद है एक दो तीन चार तो जो चित्र चक्रण है उसके अनुसार बचे कितने अब यहां जो बच्चे उसको गिन लीजिए एक दो तीन चार पांच इस पांच महीनों में उनको रोजगार नहीं मिलता ये आपका सवाल है इसमें सबसे ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं प्लीज टेल मी किसमें वो तो बता दीजिए तो देखिए ये पांच महीनों में उनको रोजगार नहीं मिलता बाकी इन सात महीनों में उनको रोजगार मिलता है तो पे उत्तर आपका पांच सही हो जाएगा ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि इसमें शिक्षार्थी को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं वो क्या होता है स्व समाति तकनीकी केस अध्ययन या मनोमिती तकनीकी बताइए इसका उत्तर क्या होगा एस एस टी में स्कोर करने के लिए चलिए बता देते हैं आपको में कैसे स्कोर करेंगे आप तो जो उसका उत्तर होगा वो होगा समझाती तकनीकी के द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थी को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपके को सामने है निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक चिंतन के अनिवार्य गुण हैं अविशारी होगा उत्पादक होगा मनन होगा या निगमन होगा तो जब आप वो पढ़ते हैं सृजनात्मकता तो आप जानते हैं कि अविसारी होते नहीं वो अबसारी चिंतन करते हैं मनन नहीं होगा निगम नहीं होगा उत्पादक सृजनात्मकता से संबंध है नवीन उत्पाद या नवीन खोज करना नवीन उत्पादों की खोज करना, करना है उसकी परिभाषा ही है ठीक ए ये नहीं बी होगा बी बी चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझाने के लिए आप विद्यार्थी को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे शिक्षण चल रहा है ये न्यूज़ पेपर के संपादकों संपादनों में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्वे करना विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना बताइए बताइए इसका उत्तर दीजिए आप लोग फटाफट सभी लोग उत्तर देना शुरू करें सी ए आप लोगों की लग, लग रहा है एक मत नहीं है एक मत में उत्तर करें आप लोग देखिए क्या होगा देखिए प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उनकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना ठीक है यहां पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है और उनकी नीति क्या है उसको ध्यान रखना चाहिए ठीक है चलिए, चलते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा आप अपनी कक्षा में सम व्यस्क अधिम के लिए अनुसंधित करेंगे समवयस्क अधिगम के लिए नाटक करेंगे कंप्यूटर सहयोगी अध्ययन करेंगे या केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारी करेंगे या शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण करेंगे बताए ये देखिए अपनी कक्षा में समय अधिगम के लिए क्या करेंगे शोध नहीं होगा कंप्यूटर नहीं होगा अब अच्छे दो नाटक और रोजमर्रा तो नाटक ज्यादा प्रभावी होगा इसलिए ए ऑप्शन सही होगा ए कहा हैं आप जो नाटक गतिविधि होती है वह एक समृद्ध श्र श्रृंखला प्रदान करती है आप जानते हैं ना उसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं वह सहजता महसूस करते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है समाज के विभिन्न सरोकर में सामाजिक विज्ञान का को कोई संबंध नहीं है गलत सामाजिक विज्ञान समझाति और रीति रिवाजों पर बल देता है गलत सामाजिक विज्ञान एक विषय अनुशासन है या सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है आज इतने लिए, इतने लिए लोग इसलिए हो सही जो सही है। जो विज्ञान है वो और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही में एन सी एफ आधार पत्र डाट डाट डाट पर बल देता है खुली पुस्तक परीक्षा सतत आकलन परीक्षा निष्पादन परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था बताइए जी सतत आकलन क्या होगा सतत आकलन क्या होता है कि हर कुछ महीने पर उनका टेस्ट लेना और देखते रहना वो कहां तक पहुंचे हैं इस समझ इससे ये होगा कि जब उनकी मुख्य परीक्षा होगी तो वो उसमें अच्छा कर पाएंगे बी बिल्कुल सही है ठीक है सतत आकलन देखिए दिया हुआ है छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय छोटे बच्चे की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है गौड़ या द्वितीय के आंकड़े वर्णनात्मक आंकड़े क्रिमिकल केस अध्ययन आंकड़े या प्राथमिक आंकड़े छोटा बच्चा है ठीक शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करता है दिमाग लगाइए थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िए तुरंत आप लोग ए भी करने लगते हैं डी डी वाले सही है। प्राथमिक अगर भैया छोटा बच्चा है ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना चाहता है डी डी डी चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है अवलोकनी तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डांट कही जाती है विश्लेषण प्रतिपादन निगमन या मस्तिक आलोडन बताइए अवलोकनीय तथ्यों से बताइएगा ए बी सी डी निगमन होगा सी बिल्कुल सही है ठीक निगमन बिल्कुल सही जवाब है ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है चित्र दंड आरेख आरेख, बताइए जो वर्षा में बदलाव हुआ उसके लिए क्या सही होगा जी बी बिल्कुल सही है जो दंड आरेख होता है उससे हम दर्शाते हैं कि इस वक्त इतना वर्षा हुआ इस वक्त इतना वर्षा हुआ इस साल कम हुआ इस साल ज्यादा हुआ ठीक है बी सही होगा चलते अगले क्वेश्चन की तरफ समवयसों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिपेक्ष में महत्व दिया गया संज्ञानात्मक संवेगात्मक व्यवहारवादी या रचनावादी जाइए इसमें क्या होगा ये रचनावादी आंसर उसका होगा ठीक है रचनावादी क्यों होगा कि जो रचनावादी एक सिद्धांत है और लोकन और वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर लोग कहे सीखते हैं यह उसकी बात करता है ठीक अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षक को इस्तेमाल करना चाहिए बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना की शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं उदार भाव से ग्रेड देना छात्री को आलोचनात्मक और विचरोतम गतिविधियों में शामिल करना या गृह कार्य देना इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए इसका उत्तर आप लोग को नहीं आ रहा है सी सी सी बिल्कुल सही जवाब जब आप एनसीएफ पढ़ेंगे तो एनसीएफ में लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षण कैसा होना चाहिए तो वो आलोचनात्मक होना चाहिए तो सी बिल्कुल सही होगा सी सिफार चेन्नई चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है भारतीय बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य को अल्पसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए विवाद मुद्दों से बजना चाहिए सभी धर्मों और समाजी समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए बताइए हम जब जानते हैं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है धर्मनिरपेक्ष क्या होगा सभी धर्मों के सामाजिक समूह को शामिल करते हुए उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए ठीक चलिए अगला क्वेश्चन है समता के बारे में पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है व्याख्यान देना परियोजना देना गरीब और पूंजीवाद के विचार से संबंधित क्षेत्र के कार्य देना या समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना तो सीधा सीधा बात है समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना ठीक है गुड इवनिंग अभी हमारे यहाँ एक प्रोफेसर सर है उन्होंने शादी की सी नवंबर में उन्होंने संविधान से अपनी शादी की संविधान की शपथ खाई और शादी किया चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ अगला है निम्नलिखित में कौन सा नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा निम्नलिखित में कौन सा नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा परियोजनाकार है समूह चर्चा किताबें पढ़ना या निबंध लिखना बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से ग्रुप डिस्कशन बी बी आप सभी का उत्तर बी आ रहा है सही है बी सभी लोग उत्तर बताया बी सही है जी हाँ क्या कहता है कि समूह चर्चा जो होती है उसमें क्या होता है सामाजिक मूल्यों का विकास होता है बढ़ावा होता है तरह तरह के बच्चे होते हैं तरह तरह के विचार होते हैं ठीक है तो बी सही होगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थी के व्यवहार में निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान के कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है शिक्षक के सभी विचारों को स्वीकार करना अकेले कार्य करने के लिए जोर देना प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना और शैक्षणिक कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना अगर आप एन पढ़े हैं ये सब क्वेश्चन धुआं धुआं पानी पानी हो जाएगा कैसा हो जाएगा धुआं धुआं पानी पानी बताइए फ्रीडम स्वतंत्रता उसमें कही गई है बातें एनसीएफ आई में कि क्या होगा बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए आपको तत्पर करना होगा बच्चा जितना अधिक सक्रिय होगा अध्ययम उतना ही अच्छा होगा ठीक है जो शिक्षक होगा वह एक परामर्शदाता के रूप में होगा ठीक है सहयोगी के रूप में होगा मित्र के रूप में होगा ठीक क्योंकि यह बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की की तरफ अगला आपके सामने है सामाजिक विज्ञान कक्षा में त्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे शिक्षार्थी की कठिनाई कटना, विशेष की पहचान करना पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना या शिक्षार्थियों की त्रुटियों को तुरंत सुधार करना क्या होगा बताइए इसको उत्तर ये होगा जी बिल्कुल सही जितना हो उत्तर एनसीएफ और आर के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए उसमें आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है ठीक एन को पढ़ लीजिए उसी के आधार पर उत्तर करना है आपको ये सही होगा शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना होगा क्योंकि निदान और उपचार की बात कर रहा है ठीक चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है शिक्षक शिक्षा के दौरान शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में किसकी ओर संकेत करता है शिक्षक प्रशिक्षक की बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा कर करने के द्वारा शिक्षण एक छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सपाठित शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हो छोटे समूहों में शिक्षार्थियों को पढ़ाना एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना यदि आपने टीचिंग किया होगा तो ये उत्तर आपका आप सही होगा क्या होता है जब आप बी करते हैं तो क्या होता है अपने क्लास में आपके क्लास की जो मित्र होते हैं वो छात्र के रूप में होते हैं और आप शिक्षण करते हैं शिक्षण का जो समय होता है वो छत्तीस मिनट का होता है 6 चरणों में होता है तो इसका उत्तर जो होगा वो बीस सही होगा एक बार में एक ही गुड इवनिंग आज लेट है आप और एक समय में एक ही कौशल का विकास किया जाता है ठीक सर याद रखिए आप लोग अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह पाठ को भागीदार बनाने वाला बनता है शिक्षार्थी की ऊर्जा का सॉरी सरणीकरण करता है अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है उसकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भ के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है या शिक्षार्थी में भाषिक सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन करता है बताइए क्या होगा उसका उत्तर सी ब्रू सही है क्या होता है उसकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भ को इसके साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है जब भी ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ने की बात की जाए तो वो आसान आप आपका सही होगा यदि आपको कुछ नहीं आ रहा हो जो आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा हो वही मार दीजिए अस्सी परसेंट सही हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं मौद्रिक तथा वित्तीय संस्थान शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु तो उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि स्थानों की संख्या जिनका शिक्षा ने भ्रमण किया तो एकदम सीधा जवाब है ठीक है देख पृष्ठभूमि सांस्कृतिक पूंजी बनती है जैसा उसका परिवार होगा जैसी उसकी पृष्ठभूमि होगी वैसा ही बच्चा होगा चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है शिक्षार्थी को अलग करना बुद्धि परीक्षा में अंग लाने में बल देना बहुलता और विविधता के लिए सम्मान जी बिल्कुल सही है डी आपका बिल्कुल सही है यह आज के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे मैं आपको बता दूं कि यह आपको टक लग रहे थे सुन लीजिए केंद्रीय शिक्षक परीक्षा पात्रता जिसको आप सी के नाम से जानते हैं 2014 में यह पेपर हुआ था यही पेपर था ठीक और कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था कि क्या करें सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप एक मिनट यदि आप कोई और सवाल हो क्लास को लेकर तो कर दीजिए देखिए अब क्या करना है सबसे पहले आपको एन 2005 ठीक और ध्यान रखिएगा जो एन 2005 है इसके पहले एन 2000 आई थी ठीक फिर 1988 में भी एन आई थी और प्रथम जो आई थी वो उन्नीस में आई थी कब आई थी प्रथम उन्नीस में आई थी और जो पर्यावरण पर्यावरण एकीकृत एक शिक्षा एक के रूप में ठीक पर्यावरण एकीकृत एक शिक्षा एक के रूप में होगा यह एन सी में कहा गया था ठीक है सही है, है इसको सुन लीजिए आप एक बार बाद फिर ठीक है ठीक है देखिए तो एनसीएफ 2005 एनसी एक एक हो गया आर एक दो हजार नौ याद रखियेगा आर टी ई जो है वह दो हजार नौ में आया था लेकिन अप्रैल 2010 में लागू हुआ था और 26 अगस्त छब्बीस अगस्त 2009 को इस पर राष्ट्रपति का मुहर लगा था और 27 अगस्त को ये भारतीय गजट जो होता है जो राजपत्र होता है उसमें प्रकाशित हुआ था ठीक तो आप एनसीएफ को काफी अच्छे से पढ़ लेंगे जो इसकी पृष्ठभूमि है दो हजार और उन्नीस जो एनसीएफ 2005 है ठीक है वह रचनावाद पर आधारित है ठीक है और जो ये 2000 ये व्यवहार वाद आधारित है जी दोनों पेपर में काम आएगा दोनों पेपर में काम आएगा पचहत्तर नंबर का तो आपका शिक्षण ही है ठीक तो एनसीएफ 2005 आरटी 2009 आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद पैडो सीडीपी की बात करें तो सी में आप अधिगम अधिगम काफी अच्छे से पढ़ लीजिए उसके बाद पियाजे वाई गोफ्की कोहलबर्ग और एक है आपके चमुस्की इन दोनों से ही मिला कि आपको से के आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ये 10 से 12 क्वेश्चन केवल सीडीपी में ही नहीं जैसे चमोस्की है तो इनसे आपको भाषा में मिल जाएगा ठीक है तो पूरे पेपर में मिला के बारह क्वेश्चन मिल जाएंगे आप बुद्धि पढ़ लीजिएगा बुद्धि से आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे समावेशी शिक्षा से पांच क्वेश्चन देखने को मिलेगा कम से कम समावेशी से पांच तो अगर आप बहुत सारे टॉपिक बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अधिगम अधिगम के सिद्धांत जे वाइस की कोलब की बुद्धि समाज शिक्षा और मापन मूल्यांकन इतना पढ़ लीजिए ठीक हिंदी में पंद्रह नंबर का पैरा होता है संस्कृत में पंद्रह का पैरा होता है इसमें आप पंद्रह में पंद्रह कर सकते हैं प्रैक्टिस कर लीजिए ठीक पंद्रह कर लेते हैं जो पंद्रह क्वेश्चन बचेंगे उसमें आप सात आठ आराम से कर लेंगे इसी में आप बाईस बाईस हो गए ठीक आराम से बाईस बाईस हो गए आप देखिए सेकंड पेपर का जो एस है तो उसमें मैं आपको बता दूं कि एस है तो इसके लिए आप एनसीईआरटी अगर पढ़ लेंगे तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से सही हो सकते हैं जो एस है एस एस में 10 से 12 क्वेश्चन आपको इसी से सही हो जाएंगे और एस में कुछ टॉपिक है जो एवर ग्रीन है उसको आप पढ़ लेंगे संविधान अगर आप ई लर्निंग विद्यस का नोट लिए हैं उस नोट्स में जितना संविधान दिया हुआ है यदि वो संविधान पढ़ लेते हैं उसमें भारत का भूगोल जितना दिया हुआ है भारत का भूगोल जितना दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिए ठीक और आप मॉडर्न इंडिया जो होता है आधुनिक भारत अगर आप मध्यकालीन और प्राचीन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आधुनिक इतिहास संविधान भूगोल क्या आधुनिक भारत संविधान भूगोल और जो आप पर्यावरण का नोट्स लिए हैं अगर नहीं लिए हैं तो जो दुर्गेश सर पढ़ाते हैं पर्यावरण पढ़ उसको पढ़ लीजिए इतना पढ़ लेंगे आपका आराम से हो जाएगा आप नहीं लिए तो आप नोट्स ले लीजिए ऑडर कर दीजिए नोट्स ऐप पे जाके लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पे ले लीजिए उसके बाद दुर्गेश सर पढ़ा भी रहे हैं चलिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया इसी तरह रोज़ बने रहिए वीन को शेयर करना न भूले थैंक यू जय हिंद सात बजे नेक्स्ट क्लास होती है उसके बाद रात को साढ़े बजे होती है चलिए खाना भी बनाइए और हम लोग को भी पैक करवा के भिजवा दीजिए चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू गुड नाइट